केंद्र है इस संगीत के बेला में आपको लेकर चलते हैं उस दौर के सुपरहिट गीत दिलीप सड़ंगी और लोपिता मिश्रा के स्वर में जिसमें संगीत दिया है डीजे सागर कांकेर जीरा चंपा सही तो रे हस सास महे रानी कोमल कोमल तो फूल बसे बोले गजरा सजरा सजरा मै नीचे मै फूल गजरा